पता पता नहीं, पता नहीं, तब मामूरी शैतान क्यों समझते शायद उनको पता नहीं कि मैं शैतानों का बाप साफ तभी, तभी कितना बड़ा शीता कुछ लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कोई ही बताना पड़ेगा कि शैतानियत तो होती है क्या सबसे पहले हम दोनों दोनों को, को मैं एक, एक, एक, एक, एक खून का तुझे मेरे भाई की चिता की कसम तुझे उस चिता बरना लेट सिंह प्रथान तुझे मरना पड़ेगा